रातें किसी याद में कटती हैं और दिन दफ्तर खा जाता है रातें किसी याद में कटती हैं और दिन दफ्तर खा जाता है दिल जीने पे मायल होता है तो मौत का डर खा जाता है सच पूछो तो तहजीब आफी मैं ऐसे दोस्त से आजिज हूँ मिलता है तो बात नहीं करता और फोन पे सर खा जाता है।